अरे तू इतना डरोगी तो कैसे करोगी जाओ खेलो जाओ ना, ना, कुछ नहीं ना, ना, अरे कुछ नहीं करेगी यार भी तुम नहीं नहीं नहीं अच्छा किचन में जाना। ले। हैं? अब टहलो घूमो जो करना है वो करो हेलो चलो आजा।, आजा, आजा, आजा, बाहर सही है? ये देखिए चप्पलें भी खाएगा पहने होंगे अरे चीज़ काटेगा हैं प्रसाद ना? तो यार करने लग गया? हमसे थोड़ा कायदे में ज़रा समझे कि नहीं ए? कायदे में ज़रा बताओ सबको बताओ सबको क्या नाम है तुम्हारा पी लो पी लो अच्छे से पी लो जाओ अच्छा उनके पास जाओ जाओ गो क्या हो गया क्या हो गया ek uthi dhoonga se baitha hua hai 12 o'clock midnight uth khana kha le kya sotad uttar rahi hai ho uth uth uth ab uth na khana kha le sone do bhai Ote? no response तो अपनी तो माँ तो मा से तो ये दूर चार पाँच दिन पहले ही आ गया था कैसे पता बता रहा था वो खुद बता रहा था मेरे पास एक पुरानी चादर है मैं हाँ, इसे लगा दू क्या इसके देखता हूँ लाइट नहीं खाना लाइट नहीं खाना नो नो नो तुम लेट जाओ तुम लेटे थे तभी ठीक था लेट जाओ जाओ जाओ मम्मा बुला रही है हो हो गया इसकी माँ। तो कोई नहीं सुसु पोचा मुझे नहीं पता इस है मुझे नहीं पता भी ना इसे घूमने दो तू कर रात के बस में साढ़े और देखो भाई साहब को मस्ती चढ़ी हुई है। ये देख देख अगर तूने किया जाती है। ये की? बताओ शिशु क्यों की पहले बताओ, शुशु क्यों, की हा? हा? क्यों करी ये करिए ऐसे ऐसे कौन शिशु करता है Bad manners. Bad manners. Bad manners. Bad manners ये ऐसे शिशु करते हैं को? आपको चलो वहा चलो देखो फुर्ती आ रही है रात को साढ़े बारह बजे फुर्ती सूझ रही है थका दूंगा तुझे और फिर तू सो जाएगा नो मैन प्लीज कोई तार नहीं खाना है तुम्हे वाइट टू ईट तार, तार? वो देखो, वहाँ भी सुसु किया था भी थोड़ी देर पहले पहले खुद सुसू करो फिर उसको चाटो है तुम्हारा सही है तेरा सही है बॉस फिट है खुद से लड़ना है ऊपर नहीं आ जाएगा भाई वो हेलो ये पॉमेरियन है गोल्डन कलर का अभी सिर्फ थर्टी फाइव फोर्टी डेज का है ये पप काफी दिनों से हो रहा था कि ये पापी लाते हैं एक लाते हैं तो बस भाई पपी की ड्यूटी पूरी करते हुए बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी का काम ले लिया है हम लोगों ने अपने सर पे बट ठीक है हमने विलिंगली ये किया है तो वी आर रेडी फॉर इट मैं और शिल्पी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसको ले करके शिल्पी थोड़ी थोड़ी सी डरती है अभी ऊपर चलेंगे आप लोग को दिखाना नो नो आ अभी इतना छोटा है कि इसको जो ये कॉलर पहनाएं इसको अच्छे से फिट नहीं आता है इसका कुछ करना पड़ेगा या फिर थोड़े दिनों में अपने आप ही ये सही हो जाएगा चलो आओ इधर आओ बाहर आओ मैं इसको लेके आ गया सुबह सुबह कॉलोनी में टहलाने को खेल रहा है ये मस्त इसका नाम हम लोगों ने रखा है ऑगी ऑगी द मैट बॉय कल रात तो इसने बहुत परेशान किया आ, हर जगह शशु हर जगह पॉटी इसका पॉटी ट्रेनिंग का कुछ देखना पड़ेगा कैसे क्या होता है तो मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे एक दो वीडियोस देख लो कि डॉग पॉटी ट्रेनिंग का कैसे क्या सिस्टम रखते हैं ताकि इसको थोड़ा ट्रेनिंग वेनिंग दिया जाए पॉटी शुशु की ताकि ये घर पे ना करे नीचे आए तब करिए तो चलो घरे घर पर तो बालकनी वगैरह में निकल करके आया जगह पर यार अभी तो छोटा है तीस दिन का है कल इसका पहला दिन था तो एक दो दिन में सीख जाएगा कि कैसे क्या करना है राइट ऑगी कर रहा कर रहा कर रहा है मैन यस वाहगी डेट पार्टी ऑगी डेट इज फर्स्ट पोटी नीचे आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई बॉय आई एम प्राउड ऑफ़ यू पार्टी नहीं खाते जहाँ पोटी करते हैं वहाँ रुकते भी नहीं हैं चलो आगे चलो चलो शिशु भी कर रहा है क्या जब ये ऐसे बैठता है तो शिशु करता है कल रात से इतनी ऑब्जरवेशन तो मैंने कर ली है आगी शिशु भी कर लो एक राउंड यहाँ पे फिर चलो घर चले मैं दो बजे सोया हूँ यार आगी मेरी कुछ फिक्र कर ले सुबह तेरे चक्कर में साढ़े छः बजे उठाऊँ रात को दो बजे सोया हूँ देखता हूँ यार मैं अभी कुछ पॉटी ट्रेनिंग वगैरह देखता हूँ और ये भी देखता हूँ कि छोटे पपीज को कितनी फ्रीक्वेंटली पॉटी जाने का होता है मेरा भी फर्स्ट टाइम है एक पेट के साथ तो मैं भी धीरे धीरे सीख ही रहा हूँ हम लोग दोनों दो ऊपर आ गए हैं जगह जगह इसने रात भर में सुसु किया है सुसु हटो तुमको खेलना नहीं है इसके साथ मना किया था ना उस दिन खेलने को इससे है क्यों क्यों क्यों ज्यादा दम आ रहा है ज्यादा दम आ रहा है उसी को चाटता है, है? दे दे, दे। और भी दे मेरे भाई चोड़ो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो तो भूख में ऐसे सुखा दो सैनिटाइजर मारना पड़ता है यार जिधर ही सुसू करता तो है मह काफ़ी रहती है मेरे आगे पीछे घूमता रहता है बस ऑगी को अब हम देंगे ऑगी के बिस्किट्स पहले मैं सोचूँ तो ज़मीन में रख के दूं लेकिन नहीं अब इसमें ही रख के दूंगा और अभी इसको कम कम खिलाना है तो इसीलिए छोटा छोटा मैं दे रहा हूँ देखते हैं खाता है नहीं खाता है कैसे है क्या है तो देखो शिल्पी मैडम हमारे ऑगी को टहलाते हुए दोस्ती करते हुए ये लोग खाओ मैं डॉगी को ट्रीट दे रहा हूँ अपने हाथों से शिल्पी, शिल्पी। इसके कुछ टिक्स हो रहे थे मैंने क्या किया कि नीम ऑयल लिया और उसको गरी के तेल में मिक्स करके इसको जहाँ जहाँ पे टिक्स थे वहाँ वहाँ पे लगाया थोड़ा सा गूगल पे पढ़ा यूट्यूब पे पढ़ा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो उसमें तो यही मिला मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा ये थोड़ी देर इसको ऐसे ही बैठाए रखते हैं फिर इसको नहलाएंगे अभी कितना बज गया है सवा एक बजे मैंने इसको लगभग लगाया एक दस पे लगाया है एटलीस्ट डेढ़ बजे अब इसको नहलाएंगे ताकि जो थोड़े बहुत कीड़े हैं अगर वो निकल जाते हैं तो बढ़िया है वरना नीम की पत्तियाँ ला करके उसको बॉयल करके तब इसको नहलाते हैं मैं नीचे जा के क्या कि नीम की पत्ती अगर मिल रही हो तो कहीं a few moments later to guys mujhe neem ki pattiyan mil gayi hain usko kar deta hu boil to iska pani use kar lenge isko nahlane mein kyun bhai hanji kya keh rahe ho aap shaadi ji bhi nahi chod dungi shaadi ki dhungi photos nahi hai bhai jaise hum aur tum lagte ho waisi photos hongi matlab hum dono ke sath mein poses hai hi nahi koi drink hai yaar to photographer matlab तो भैया जी को मस्त नहलाया इसके बाद इनको दूध पिला रहे हैं इनका डॉग फूट खिला रहे हैं ताकि मस्त उसके बाद सो सूखाएँ थोड़ा सा गीला भी है नेचुरली अपने आप सूखेगा थोड़ा तो मैंने पोछ दिया ही था ठंड लग गई इसको लगता है काफरा वैसे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी यूज़ किया था बट फिर भी थोड़ी ठंड लगती है डॉगी इसको ये तो पफ है तो उसको लगेगी पूरा सूख जाएगा तब इसको कंघी वंगी करूँगा अभी नहीं है ना कंघी अभी नहीं करना है ना सूखने के बाद डॉगी हमारा सो रहा है पीवी हमारी किचन में है बना रही हैं पराठे मतलब बेलेंगी वो सीखूँगा मैं सब्ज़ी भी मैडम ने बनाई है आज मैडम की तबीयत थोड़ी बेटर है राइट शिल्फ हाँ जी तो इसकी एक ट्रिक है तुमने बताया सादे पराठों को फुलाने की क्या है वो ट्रिक क्या है वो राज जो आज तक सारी महिलाएँ अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है तो क्या है वो ट्रिक आज कर दो खुलासा उस ट्रिक तो ट्रिक ये थी कि मैडम ने बोल दिया कि ट्रिक नहीं बताएँगे कोई बात नहीं मगर एंड रिजल्ट ऐसा आया है भाई देख लो घी से ऐसा पराठा बना समझ गया ओके ओके ओके मैडम घी अपनगा तो डाल ले I mean, तो भाई लोग खाना खाने के बाद हम दोनों और अपना ऑगी तीनों लोग खेले दौड़े धूपे नहीं पानी में गिरा मजाक में ओके okay. तो हम तीनों लोगों ने दौड़ा धूपा थोड़ा बहुत खेला खेल रहे हैं हम तीनों मज़े में अपना टाइम पास हो रहा है बहुत अच्छा होगी को इसीलिए लिए लेके आएगी शिल्पी पूरे दिन अकेले रहती है तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा उसका भी इसके आने से ना एक अलग ही वाइब है पूरे घर में एंड देट इज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब क्यों शिल्पी इसके आने से पॉजिटिव वाइब है ना घर में बिल्कुल इसको नहलाया, धुलाया खिलाया पिलाया कल से आज तक मैं इसने तीन बार पॉटी करी तीन बार से दो बार घर के अंदर करी एक बार बाहर करी और सुसु तो होंगी न बार पता नहीं कितनी बार घर पर करी अभी इसका कुछ मैं और भी वीडियोस देख रहा था पॉटी ट्रेनिंग वगैरह के वीडियोस देख रहा था कि कैसे होती इनकी पोटी ट्रेनिंग वगैरह सुसु ट्रेनिंग वगैरह तो देखते हैं धीरे धीरे और भी सीखेंगे कि कैसे पालना है इन लोगों को और कैसे ट्रेनिंग देनी है इन सब चीज़ों की री एंड करते हैं यहाँ तक वीडियो देखा हो तो प्लीज लाइक करो मेरे लिए नहीं तो इस बेचारे ओगी के लिए तो लाइक कर दो यार ठीक है ना कितना क्यूट पप्पी है ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ अपना पॉमेरियन ब्रीड का डॉग है मेल डॉग है जो कि गोल्डन कलर का है ओके तो तब तक टेक केयर स्टे सेव लिव टुडे एंड लव टो टेक केयर गाइज बाय